सतना में एक युवक ने शराब की दुकान में गोलीबारी शुरू कर दी गोलीबारी के बाद दुकान कर्मचारी भागते नजर आए वहीं फायरिंग की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई सतना के कोलगावा बाबूपुर चौकी अंतर्गत शराब दुकान में देर रात गोली चली एक युवक बाइक से शराब दुकान पहुंचा और काउंटर में बैठे कर्मचारियों को निशाना बनाकर एक एक कर दो फायर कर दिए हालांकि गोली किसी कर्मचारी को नहीं लगी सभी कर्मचारी जान बचाकर भाग निकले घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी मामला बाबुपुर में खुली लाइसेंसी शराब दुकान का है आरोपी की पहचान पतौरा गांव निवासी सागर सिंह के रूप में हुई है बताया जा रहा है कि दोपहर को सागर सिंह शराब दुकान पहुंचा था और कीमत को लेकर कर्मचारियों से बहस हुई थी रात में सागर दुकान पहुंचा और बाइक से उतरकर बंदूक से शराब दुकान पर दो फायर किए करीब दस मिनट तक आरोपी दुकान के आस रहा शराब के नशे में आरोपी झूमता दिखा दुकान से कुछ ही दूरी पर बाबूपुर चौकी थी लेकिन पुलिस नहीं पहुंची और आरोपी फरार हो गया